टेलरी और ड्रेस मेकिंग व्यावसायिक प्रशिक्षण वास्तव में उन लोगों के लिए करियर हो सकता है जो फैशन में रुचि रखते हैं और कपड़े डिजाइन करने और बनाने का शौक रखते हैं इस व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ पैटर्न बनाने से लेकर काटने और सिलाई करने तक कपड़ों के निर्माण और दर्जी के लिए आवश्यक कौशल और तकनीक सीख सकते हैं कोई फैशन डिजाइन परिधान निर्माण कपड़े चयन और फैशन उद्योग के अन्य आवश्यक पहलुओं के बारे में भी सीख सकता है व्यावसायिक प्रशिक्षण के पूरा होने पर, एक पेशेवर दर्जी फैशन डिजाइनर या ड्रेसमेकर के रूप में अपना करियर बना सकता है ये करियर विकल्प फैशन फिल्म थिएटर और टेलीविजन जैसे विभिन्न उद्योगों में काम करने या कपड़ों की लाइन या व्यवसाय शुरू करने के अवसर प्रदान करते हैं रचनात्मकता कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ कोई भी व्यक्ति कटे टेलरिंग और ड्रेस उद्योग में एक सफल करियर बना सकता है यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें निरंतर सीखने नई शैलियों और प्रवृत्तियों को अपनाने और नई तकनीकों में महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है लेकिन फैशन के लिए जुनून रखने वालों के लिए यह एक पूर्ण और पुरस्कृत हो सकता है